आज की इस वीडियो में हम बहुत मोटिवेशनल बातें बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं बात और ज़बरदस्त याद रखना दुनिया फतह करनी है दुनिया अगर जीतनी है तो आवाज़ और लहजे में नरमी पैदा करो क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है बात और याद रखना बार बार आंसू साफ करने के बजाय अपनी जिंदगी से उसको ही साफ कर दें जो आपके आंसुओं की वजह बनता है तो आपके चेहरे पर आंसू नहीं आएंगे बात और याद रखना अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो बात और याद रखना जमाना बड़ा अजीब है मैं कभी सोचता हूँ जमाना भी कितना अजीब है नाकाम को देख हंसता है नाकाम को देख हंसता है और कामयाब को देख जलता है बात और याद रखना इंसान पर जब अच्छा वक्त आने लगता है तो बहुत से रिश्ते ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जो बहुत पहले आपको कबर में उतार चुके होते हैं एक बात और ज़बरदस्त है आप कब सही थे आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता लेकिन आप कहाँ गलत हुए ये बात कोई नहीं भूलता बात हमारी याद रखना अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो आईना और साया बनकर साथ रहे हैं पता ऐसा क्यों आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता बात और याद रखना अच्छे दोस्त के साथ धोखा करना अच्छे दोस्त के साथ दगाबाजी करना ऐसा ही है जैसा आपने हीरा हाथों से छोड़कर जमीन से पत्थर उठा लिया हो और आप उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं बात याद रखना अपने हाथ की क्यों ही नकी और दूसरों से सरजद होने वाले गुनाह का तस्करा किसी से ना करो पता ऐसा क्यों क्योंकि ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है बात याद रखना पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है लेकिन सुनते रहें तो लोग बोलने की तमीज़ भूल जाते हैं बात और याद रखना ताकत की जरूरत तब होती है पावर की जरूरत तब होती है जब कुछ बड़ा करना हो वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए आपका हुसन अमल किरदार और अखलाक ही काफ़ी है बात याद रखना जब लालच के बाजार आम हो जाएं जब लालच और हिट्स लालच के बाजार आम हो जाएं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के हों यह बड़ी जबरदस्त बात है बात हमारी याद रखना वफा करना बहुत मुश्किल काम है वफा करना बहुत मुश्किल काम है लेकिन बेवफाई करना एक फैशन सा बन गया एक ट्रेंड सा बन गया इसी तरीके से नेक काम करना नेक काम की दावत दूसरे लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है इट्स वेरी डिफिकल्ट इसी तरीके से काम को बिगाड़ना बहुत आसान है इसी तरीके से आज के इस दौर में आज के इस पुरफितन दौर में आज के इस खतरनाक दौर में गैरों से मदद मिलना बहुत आसान है इसी तरीके से अपने भाई से मदद मिलना बहुत मुश्किल है एक बात हमारी याद रखना हरकत में बरकत है बरकत में रहमत है रहमत में करम है करम में नियामत है नियामत में लुत्फ है लुत्फ में जोश है जोश में जज्बा है जज्बे में हिम्मत है हिम्मत में कोशिश है और कोशिश में कामयाबी है बात हमारी याद रखना बेकार है वो कौम जिसमें इतहाद ना हो जिसमें इतफाक़ ना हो बेकार है वो कौम जिसमें भाईचारगी ना हो बेकार है वो कौम जिसमें उल्फत मोहब्बत ना हो इसी तरह बेकार है वो दौलत जिसमें जकवात ना हो बेकार है वो दिल जिसमें दर्द ना हो बेकार है वो औलाद जो माँ बाप की फरमाबरदार ना हो बेकार है वो इम जो अमल से खाली हो बेकार है वह समझ जो दानाई से खाली हो बेकार है वो कमाई जो हलाल तरीक़े से बेकार बेकार है है वो वो काम जो वो जो आखिरत के के लिए लिए ना किया किया जाए, जाए। सदका दिखलावे एक बात हमारी याद रखना, दौलत की अहमियत दौलत से नींद नहीं खरीदी जा सकती लेकिन किसी की नींद उड़ाई जा सकती है दौलत से आराम सुकून नहीं पाया जा सकता लेकिन दूसरों का सुकून छीना जा सकता है दौलत से काबिलियत नहीं आती है पर नौकरी जरूर मिल जाती है याद रखना हमें ऐसी दौलत से परहेज़ करना चाहिए जो हमें सीधे दोजत के दरवाजे पर ले जाती है और अपने मुसलमान होने का फ़र्ज़ बात हमारी याद रखना दुनिया का मिल जाना इज्जत का मिल जाना पैसों का मिल जाना शोहरत का मिल जाना फेमस हो जाना स्टार बन जाना एक्टर बन जाना हीरो बन जाना कोई बड़ी कामयाबी नहीं है कोई बड़ी कामयाबी नहीं है पता कामयाबी क्या है पांच वक्त की नमाज पढ़ना पांच टाइम अल्लाह की बारगाह में आना और अपने रब से करीब हो जाना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है बात हमारी याद रख एक बात हमारी याद रखना मर्द की कामयाबी के पीछे माँ के सिवा कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती क्योंकि दूसरी औरत एक कामयाब मर्द ढूंढती है बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना औरत अगर माँ है तो अहतराम कीजिए बीवी है तो इज्जत दीजिए बहन है तो शफकत कीजिए और हाँ और अगर औरत बेटी है तो फख्र कीजिए